हेलो दो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं बच्चे आनंद ले। वा वा वा वा। आनंद भी आनंद होता है सुनोती आज हम जा रहे हैं बोर खाने हैं। हैं। हैं। आपको भी बोर खाना है तो हमारे साहिस्तान बल में आ जाइए राजस्थान में बहुत ही भरपूर बोल है देखो देखो हम जंगल में घूम रहे हैं अकेले सिंगल बंदे ये जन्नत है जो आ गए जंगल जे हो